जैसा कि आप सब जानते हैं कि कसौटी जिंदगी का रिमेक बनने वाला था और अब इसी रिमेक की शूटिंग भी चालू हो गई है जी हाँ एरिका फर्नांडिस ने शुरू कर दी है कसौटी जिंदगी की शूटिंग शूटिंग से जो पिक्चर्स लीक हुई है उसमें प्रेरणा वासु के अंदाज में एरिका फर्नाडिस खड़ी हैं जब से एकता कपूर ने कसौटी जिंदगी के रिमेक की अनाउंसमेंट की थी तब ऐसी ही दर्शकों को इंतजार था इस शो का मैं आपको बता दें की कसौटी जिंदगी की स्टार प्लस का नंबर वन शो था और इसी शो में प्रेरणा और अनुराग की केमिस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद आई थी एरिका इस बार प्रेरणा का किरदार निभाएंगी और फाइनली उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जस्ट लाइक प्रेरणा वो भी है एक ब्लैक कलर की ड्रेस में विध रेड दुपट्टा आपको बता दें कि मेन लीड में कौन होगा इसके बारे में अब तक कुछ भी रिविल नहीं किया गया है मतलब कितने एक्साइटेड है इस शो के लिए हमें कमेंट के जरिए जरूर बताए टेलीविजन के लेटेस्ट न्यूज एंड गोसिप के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें जैसा की आप सब जानते हैं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 का इस बार प्रेरणा का किरदार निभाएंगी और फाइनली उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जस्ट लाइक प्रेरणा वो भी है एक ब्लैक कलर की ड्रेस में रेड विधरेपटा वाल आपको बता दें कि मेन लीड में कौन होगा इसके बारे में अब तक कुछ भी रिवील नहीं किया गया है वाले आप कितने एक्साइटेड है इस शो के लिए हमें कमेंट के जरिए जरूर बताए टेलीविजन के लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें जैसा की आप सब जानते हैं की कसौटी जिंदगी का रिमे